मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम लगभग चौबीस हजार करोड़ की सब्सिडी देते हैं तब सस्ती बिजली लोगों को दे पा रहे हैं उन्होंने कहा बिजली आनंद पैदा करें असंतोष का कारण नहीं बनना चाहिए स्मार्ट मीटर के चलते जनता में कुछ समस्या ना आए इसके लिए लोगों को अवेयर करें इस दौरान सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन की गलत जानकारी देने पर अधिकारी को फटकार लगाई उन्होंने सड़क ठीक न होने पर भी नाराजगी जताई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम लगभग 24000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं तब सस्ती बिजली लोगों को दे पा रहे हैं बिजली आनंद पैदा करे असंतोष का कारण नहीं बनना चाहिए स्मार्ट मीटर के चलते जनता में कुछ समस्या ना आए इसके लिए लोगों को अवेयर करें शिवराज ने कहा बिजली की उपलब्धता के बारे में संतुष्टि का स्तर अच्छा है इसके लिए बधाई देता हूँ देवास जिले के अधिकारियों के साथ सीएम ने वीसी से समीक्षा बैठक ली उन्होंने कहा बिजली की उपलब्धता और बिजली की समस्या के समाधान के मामले में देवास आइडियल हो सकता है आप बिल्कुल ठान लीजिए, करप्शन करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, और मैं यह भी आपको छूट दे रहा हूं कि अगर कोई दलाल कर रहा है कोई गड़बड़ आदमी कर रहा है तो उसकी जानकारी उसको की करें। तो के बारे में मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरी आश्वस्ती है कि राशन ठीक वितरित हो रहा होगा लेकिन उसमें भी ये रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार ये ढंग से देखना चाहिए। सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन की गलत जानकारी देने पर ईई नारायण भिड़े को फटकार लगाई उन्होंने कहा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है सीएम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें ठीक नहीं होने पर भी नाराजगी जताई वही सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना सीएम जन अभियान महिला अपराध में कमी और बिजली की बेहतर उपलब्धता पर जिले की प्रशंसा की इस मौके पर उन्होंने एंड अभियान, सरोवर, बिजली आपूर्ति, ओडीओपी, भारत और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दिवस हो गया मेरे दूसरे कार्यक्रम में तो रोजगार की रिपोर्ट भी मेरे पास भेजे जो हम बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री व उद्योगी योजना बाकी योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी चीज है फिर कंपनियों में अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो रोजगार मेला लगा के हम कर सकते हैं अलग अलग स्थानीय लोगों को रोजगार मेले इस बात की चिंता हमको करनी चाहिए निवेश अगर आता है तो उसकी भी मेरे पास एक रिपोर्ट भेजिए कि पिछले महीने कितने लोगों को रोजगार दिए थे अगले महीने दिसंबर में फिर रोजगार दिवस होगा तब फिर हम रोजगार के लिए अभियान चलाएंगे जो मुद्दे सामने आए हैं एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो को आप अवगत कराएस को ताकि हम विभागों से ताकिडिनेट कर सकें हम ये सोच के ना बैठें कि क्या करें ऊपर से ये चीज नहीं हो वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का